इंडक्शन मोटर ठीक है तो यहाँ पे हम मोटर के बारे में चर्चा कर रहे हैं मोटर है एसी मोटर और एसी जनरेटर एसी मोटर जो है ये सिंगल फेज ट्रिपल फेज और डबल फेज में आते हैं तो यहाँ पर डबल फेज की चर्चा हम नहीं करेंगे बहुत कम यूज़ होता है तो सिंगल फेज और ट्रिपल फेज